हेलो गाइस गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल चैनल वीडियो वीडियो वीडियो को को को लाइक लाइक कर कर कर कर देना कर देना देना एंड सब्सक्राइब वाला बेल आइकन ऑल पर सेट ताकि हमारी सबसे पहले आपके पास आए guys, like कर दो ज़्यादा से अब कर दो. बनाने में, guys, आपको पता होगा मेहनत लगती है इसलिए like कर दो, चैनल को, कर दो. Guys, क्या होता है सीन क्या सीन रहता है दर? अगले हफ्ते भरी ये बना डाउन हो गया तम तमाम बस ये तो डाउन कर दिया देते ही बनाया गया, गया डाँ। थार डाँ। थार डाँ। देखते है क्या क्या होता है क्या कुछ हो पाता है या नहीं हो पाता सामने बन जाए ये लोह में ही डाउन कर दिया लो लो गया गाइस ये भी गया बंदा चौथा राउंड दो राउंड जीत गए एक बजे और ये चल रहा है चौथा राउंड हमने लिया आई देखते हैं देखते क्या होता है एक शॉट पड़ा दूसरा पढ़ते भाग गया पढ़ने का था बट नहीं हम डाउन हो गए फैक्ट्री पर है गाइज गाइज मैं बताना भूल गया कि ये न्यू मैप आया आज आज ही न्यू मैप आया है आज न्यू मैप लॉन्च हुआ है वो नाम है इसका प्रगेटरिक प्रगेटरिक्लस को मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय